top 5 facts about mercury ruko zara नंबर पृथ्वी पर एक साल में तीन दिन होते हैं लेकिन बुध ग्रह में एक साल में केवल 88 दिन होते हैं नंबर टू बुद्ध का एक दिन पृथ्वी पर 58.646 यानी कि 59 दिन के बराबर होता है नंबर थ्री बुध ग्रह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और यही वजह है कि दिन के समय इसका तापमान 450 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच सकता है नंबर फोर पृथ्वी की तरह बुद्ध का कोई वायुमंडल नहीं है और इसलिए ये सूर्य की गर्मी को रोक रखने में सक्षम नहीं है यही कारण है की बुद्ध का तापमान सूर्य से नीचे 170 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है नंबर फाइव इससे पहले सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह प्लूटो था लेकिन ग्रहों की श्रेणी में प्लूटो को निकालने के बाद बुद्ध हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बन गया है बुद्ध का व्यास केवल चार किलोमीटर है जो कि यूएस के आकार के बराबर है दोस्तों ये फैक्ट आपको कैसे लगे हमें कमेंट में लिखकर को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल जय